आपने फ्री फायर में M10 तो बहुत सारा यूज किया होगा आज हम बताने वाले हैं टॉप थ्री ऐसे M10 स्किन के बारे में क्यूँकी अगर आपके पास है तो अच्छे अच्छे बंदों की खोपड़ी खोल सकते हैं बड़े आसानी से बिना लगाकर। नंबर वन पे जो स्किन आता है उसका नाम है डार्क रोड। और दूसरे नंबर पे जो स्किन आता है उसका नाम है ड्रेगन एमटेन तो आप यही सोच रहे हो की ड्रेगन एमपे दूसरे नंबर पे है तो पहले नंबर पे ऐसी कौन सी गन है जो ड्रेगन एमटेन से भी तेज है तीन वाले के बारे में जानने से पहले बाकी यूट्यूबर की तरफ अभी पापा की कसम नहीं देता तो मुझे छोटा भाई समझ के लाइक सब्सक्राइब कर दो कमेंट जरूर बात नंबर तीन पे जो गन आता तो उसका नाम है रेडियम रेडिमटेन